पोस्टर भी फाड़ा गया और मारा भी गया इसके बारे में आप क्या, क्या निंदा करना चाहते हैं देखिए जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 10 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ये भाजपा के लोग बौखला गए हैं कि अब हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह से मार रहे प्रत्याशी के बारे में आप शब्द कह रहे हैं ये संविधान इनको इजाजत नहीं देता है क्या उनको एहसास हो गया है क्या जो मेरी सत्ता परिवर्तन होना तय हो गया है जिस वजह से वो बौखलाए हुए हैं उनको इतना बुरी तरह से डर सताया हुआ है हार का कि वो बीजेपी 25 सीटों में पूरे प्रदेश में सिमट गई है एक तरफा चुनाव हो रहा है आज मछली शहर से प्रत्याशी डॉक्टर रागनी होनकर पचास हजार की लीट से वो जीतने जा रहे हैं इसलिए बौखलाए हुए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया है आज विकास के नाम पर पूरी जनता उत्तर प्रदेश की वोट दे रही है और उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है अब उनके कार्यकर्ता अब औखला गए हैं पोस्टर गाड़ी जो फाड़ा जा रहा है इसका जवाब मछली शहर की और जिला जौनपुर बनारस तक जनता एक एक साइकिल का बटन दबा करके सात तारीख को जवाब और बदला देने का काम करेगी और उनको एहसास कराएगी की कार्यकर्ताओं का कैसे अपमान किया जाता है मैं पूछना चाहता हूँ महाशय जी से कि ये ये जो गुंडई कर रहे हैं या क्या उनको संविधान इजाजत देता है हमारा पोस्टर फाड़ा गया है क्या इसका मैं मुकदमा भी लिखाऊंगा और मैं कप्तान से भी बात करूंगा, इंस्पेक्टर साहब से भी बात करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं आप लोग मीडिया के लोग हैं क्या लोकतंत्र में किसी के पोस्टर को फाड़ने का अधिकार संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बात रखने का अधिकार है और ये हमारा कार्यकर्ता इतना सीधा साधा पार्टी का वफादार कार्यकर्ता है और ये कार्यकर्ता पैदल अखिलेश यादव के लिए पैदल प्रचार प्रचारकर्ता डेली 50 किलोमीटर चलता है मैं दो जगह अपनी गाड़ी से जा रहा था और गाड़ी से देखा अगला साइकिल के लिए प्रचार करता है आज से नहीं है पचासों साल का पुराना कार्यकर्ता है यस इस कार्यकर्ता की लड़ाई वीरपाल यादव उन्नाव से लड़ेगा चंद्रशेखर आजाद की धरती का मैं भी पानी हूँ पानी है और हम लोग समाजवादी लोग गुंडई की भाषा नहीं बोलते हैं हम कानून की शरण लेते हैं अगर उन्होंने ये किया है हमारे कार्यकर्ता के साथ तो ये पूरे मछली शहर की जनता पूरे जिला जौनपुर की जनता और बनारस की जनता सात तारीख को साइकिल का बटन दबा करके एक एक बदला लेने का काम करेगी जवाब देगी राजनी सोनकर यहाँ पचासों हज़ार से चुनाव जीतने जा रही है इसलिए बौखला गए हैं अब ऐसे सीधे साधे कार्यकर्ता को थप्पड़ मार रहे हैं हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं जनता दीनानाथ मिश्रा दीनानाथ मिश्रा पिता क्या नाम है राम मिश्रा क्या समस्या हुई आपके साथ पर करने पोस्टर हम फाड़ा गाड़ी के किसने फाड़ा था ठाकुर के राज... कहां पे बडेरी में अच्छा और आपको मारे भी हैं मारे हैं क्या कहे माई है पर की माई बहन गरियान है और दीदी गरियान है अच्छा ये कब की घटना है शाम को कल छः बजे